प्रणाम साथियों मैं रामनिवास गिरी आज आपके सामने मूलाधार के विषय में हम जिक्र करेंगे मूलाधार क्या है मूलाधार चक्र जो है वो हमारे सड़ चक्रों में सबसे अहम क्यों है मूलाधार के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें सबसे पहले मूलाधार पे ही जाना होता है मूलाधार से ही हमारी शक्ति जागृत होती है तो साथियों में आपके सामने शुरू करता हूं आप कृपया करके थोड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात को और जहाँ पे भी आपको कहीं त्रुटि लगे तो उसके लिए मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि आपके सहयोग से, से ही मैं काम कर पाता हूं आप ही के सहयोग से, से मैं आगे चल पाता हूँ आपके आपका जो मार्गदर्शन है मुझे बहुत प्रेरणा देता है बहुत ताकत देता है अगर आप मेरे किसी भी वाक्य से कहीं पे भी असंतुष्ट हैं तो मुझे कृपा करके आप कमेंट करिए और मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। तो साथियों आज हम जिक्र करते हैं मूलाधार का मूलाधार हमारी वो शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को संचारित करती है हमारी शक्ति को संचारित करती है हमारी ऊर्जा को संचारित करती है देखिए जैसे हिमालय में एक पर्वत के ऊपर एक बर्फ़ का कण पिंगल के जल बन के और नदियों के द्वारा झरनों के द्वारा समुद्र तक आता है ऐसे ही जो हमारे मूलाधार के अंदर जो शक्ति है वो हमारे सैसरार तक आती है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें ऊपर की ओर आती जाती है जो कि हमारी ईडा और पिंगला यानी कि जो हमारा चंद्रस्वर है हमारा सूर्य स्वर है ये दोनों नाड़ियां ईडा और पिंगला कहलाती है और जो हमारे बीच का जो मध्य है, जो हमारा मार्ग है इसको बोला जाता है सुषम्ना तो सुषम्ना जो नाड़ी है उसके जो मुख है वो सुषम्ना नाड़ी का जो मुख है वो नीचे है और कुंडलिनी उसके साढ़े लपेटे लगा के अपना मुख जो है पूछ के अंदर दबा के उसमें सोई हुई है तो इस मूलाधार को ही हमें योग में जगाना होता है और बगैर जब तक मूलाधार व्यक्ति का नहीं जागृत होता जब तक योग में वो कोई भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती सिद्धि का मतलब है कि वो कहीं पे भी अपने रोगों से छुटकारा नहीं पाता अपने अंतरात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो पाता तो आज मैं आपके सामने वही फिर दोहराता हूं कि हम मूलाधार चक्कर पे ही काम करेंगे और मूलाधार चक्कर का आज पहला भाग में आपके सामने कोशिश करता हूं रखने की और आपके सहयोग की भी अभिलाषा रखता हूं क्या आप मुझे सहयोग करेंगे कमेंट्स करेंगे और अपने विचार भी मेरे साथ साझा करेंगे जी साथियों हमारी तीन नाडियां हैं जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना के दिखा देता हूं ये हो गया हमारा मेरुदंड ये हो गया हमारा मेरुदंड इसके अंदर यह नाड़ी होगी हमारी पिंगला यह नाड़ी होगी हमारी ईडा ईडा नाड़ी के अंदर ये चंद्रस्वर ईडा ये हमारा चंद्रस्वर और ये हमारा सूर्यस्वर। ये ठंडा है ये गर्म है देखिये योग में कहा गया है जो योग के अंदर कहा गया है कि भाई ईडा और पिंगला और सुषम्ना ईडा पिंगला सुषम्ना को यानी के, के हठ योग हा और ठा दोनों को मिलाने से ही योग बनता है यानी समाधि की ओर हम जाते हैं तो हठ योग हा और ठा दोनों को मिलाने से ही हठ बनता है और सुषम्ना जब हम इसके अंदर गमन करते हैं सुषमन्ना नाड़ी ये हमारी होगी सुषमन्ना नाड़ी सुषमन्ना ये हमारी सुषमन्ना होगी तो सुषमन्ना जो नाड़ी है आपकी ये हमेशा अवस्था में रहती है ये हमेशा बंद रहती है आपका ये हो गया यहाँ पे मूलाधार ये आपका मूलाधार चक्र हो गया ये जो मूलाधार चक्र है आपका ये सारा का सारा इसके अंदर पूरी शक्ति मूलाधार ये आपकी पूरी पूरी शक्ति यहाँ मूलाधार में समाई हुई है सोई हुई है अब मैं आपको इसका छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूँ एक समझा के बता देता हूं कि हमारा जो यूरिन यू यूरिनरी का जो सिस्टम है हमारा जो जो हम अपने मूत्र का त्याग करते हैं मूत्र का त्याग यानी कि हमारा जो मूलाधार जो चक्र है वो हमारे गुदा के और लिंग के बीच का अंदर जो भाग है जो उसका मध्य भाग है वहीं पे ही हमारा मूलाधार चक्र स्थापित है तो जब हमारा मूलाधार चक्र के अंदर विकृतियां आती है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा अवरुद्धता हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें विकार उत्पन्न होने लगते है जैसे हमारे पुरस्ट के अंदर कचरा जमने लगता है जो हमारा पुरुष है यानी कि हम यूरिन सही से पास नहीं कर पाते हम अपने जो हमारा बाथरूम है उसको सही से नहीं कर पाते सामान्यतः एक 24 घंटे के अंदर डेढ़ लीटर के आसपास एक साधारण व्यक्ति का एक स्वस्थ व्यक्ति का डेढ़ लीटर के आसपास यूरिन बनता है और जो वैसे थोड़ा गर्मी सर्दी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है भाई सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा बनता है गर्मियों में थोड़ा कम बनता है गर्मियों में गर्मियों का जो यूरिन होता है उसके अंदर थोड़ा एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर और जो सर्दियों का जो यूरिन है उसमें थोड़े एसिड की मात्रा कम होती है नमक की मात्रा कम होती है फिर वो दूसरे क्षेत्र है लेकिन मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसका कारण क्या है कि सबसे पहला जो कारण है हमारा जो मूलाधार है यानी हमारे गुदा रोग जो हमें होते हैं वो हमारे मूलाधार की विकृति के कारण होते हैं हमारा जो मूलाधार सही से उसके अंदर वर्क नहीं होता काम नहीं होता और वो शुद्ध नहीं होता तो वो मूलाधार के अंदर हमारे ये विकृतियाँ आने लगती है तो इन विकृतियों को अगर हम इनके अंदर क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं जैसे मूलाधार अगर सही नहीं है तो इसके अंदर लोगों को बाथरूम की प्रॉब्लम होने लगती है भाई उनको पेशाब से नहीं उतरता और मल मल जो उनका यानी कि कब्ज, उनको गैस हमेशा बनी रहती है उनको कब्ज हो जाते हैं और बहुत बुरा हाल उनको कब्ज की वजह से वो कब्ज क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऊपर की ओर भागती है और गैस बन वो ऊपर हमारे सिर सिर में दर्द हो जाता है आंखों का रोशनी कम हो जाती है और हमारे गुदा के रोग उसमें बढ़ने लगते हैं और भूख कम लगती है और भूख कम लगती है तो फिर ताकत भी शरीर में कम होगी तो ताकत भी उससे शरीर में कम होती है तो इसलिए मूलाधार जो है उसको ताकतवर बनाना उसके अंदर प्रवेश करना अपने आसनों के द्वारा जैसे हमारा सिद्धासन है सिद्धासन मूलाधार में बहुत अच्छा काम करता है जो एक पश्चिमोत् आसन है हमारे पश्चिमोत्सन भी मूलाधार में बहुत अच्छा काम करता है जो कि इसको जगाने में सहायता करते हैं दूसरी बात देखिए मूलाधार चक्र जो है हमारा मूलाधार जब बाधित होता है और पूरी तरह से यूरिन हम पास नहीं कर पाते पेशाब हमारा पूरी तरह से खुल के नहीं आता तो क्या होता है हमारे जो हमारी कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारे हृदय की कोशिकाएं हैं लंग्स की कोशिकाएं हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं तो ये इनके अंदर दबाव आ जाता है इनके अंदर दबाव बनता है और जब इनमें दबाव बनता है तो क्या होता है कि ये हार्ट की जैसे जा, हमारा हार्ट है जो हमारा वैसे तो फिजिकल हार्ट है जो हमारा हृदय आकाश कहीं और है जो हमारे अंतर हृदय की हम बात करते हैं तो हमारे सिर में दर्द होने लगते आंखें कमजोर होने लगती है आंखों की रोशनी गिरने लगती है आंखों के अंदर और कोई दोष होने लगते हैं और घबराहट होने लगती है चिड़चिड़ापन होने लगता है बीपी की दिक्कतें होने लगती है और गैस जो मैंने बताया कि गैस जो है हमारा पेट हमेशा फूला रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे मूलाधार के बाधित होने से होती है जो हमारे मूलाधार बाधित होता है उसकी वजह से हम पूरी तरह से अपने जीवन को सुचारू नहीं रख पाते तो योग के माध्यम से इस मूलाधार चक्र को हम जागृत करें और इसके अंदर से धीरे धीरे धीरे धीरे करके ये शक्ति जो है यहाँ पे मूलाधार की आपकी ये जो शक्ति है ये एक ये शक्ति है क्या ये मूलाधार चक्र है क्या हम चक्र किसको कहते हैं ये एक हमारी सिराओं का गुच्छा है जो हमारी जो नसें हैं उनका यहाँ पे गुच्छा जितने भी हमारे चक्र हैं जैसे मूलाधार है फिर स्वादिष्ठान है फिर मणिपुर है फिर अनत है फिर विशुद्ध है फिर आज्ञा है और फिर यहाँ पे हमारा सैसरार है ये हमारे जो चक्र हैं, इन चक्रों में धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम ऊपर की ओर गमन करते हैं आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मूलाधार जो शक्ति है जो मैंने कुंडलिनी का जिक्र किया है जो कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे जो साढ़े तीन लपेटे लगा के बैठी हुई है यह मूलाधार शक्ति इतनी बारीक है अगर जैसे हमारे एक बाल के अगर आप हेयर की बात करते हैं अगर आपका जो बाल है उस बाढ़ के ऐसे लंबे लंबे चीर के हजार टुकड़े कर दे जितना टुकड़ा हजार टुकड़ों में वो जितना बारीक होगा उतनी बारीक हमारी जो कुंडली शक्ति है उसको कहा गया है तो कुंडली शक्ति इतनी बारीक है जो कि किसी सर्जरी से अब लोग कहते हैं बोले जी वो तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं सर्जरी करते हैं उसमें तो दिखाई नहीं देती वो सत्य बात है तो नहीं दिखाई देगी इसके लिए तो एक बहुत बड़ी दूरबीन की आवश्यकता है बहुत बड़ी दूरबीन हो जो इस चीज को देख सके तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे इसके ऊपर आपका जैसे मैंने बताया इस को जागृत करने के लिए इसमें आपकी मूलाधार को जागृत करने की जो शक्ति है जैसा फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको सिद्धासन अश्वनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा और पश्चिमोतानासन और वो ताड़न ताडंग जो हमारे ताडासन और एक होती हमारी ताड़न मुद्रा जो ताड़न मुद्रा है इन इनको करने से इस मूलाधार की शक्ति जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इस पे चोट पड़ती है यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जैसे स्प्रिंग के ऊपर हम दबाव डालते हैं न स्प्रिंग वापस मारता है जैसे स्प्रिंग दबाया फिर वो वापस मारता है ऐसे ही ये मूलाधार की शक्ति हमारे ऊपर की ओर फिर मारने लगती है तो ये जब इसके अंदर से जब ये दोनों नाड़ी ये हमारी जो जो हमारी पिंगला नाड़ी और ये हमारी ईडा नाड़ी है ये ये दोनों नाड़ी जब धीरे इसके ये जागृत होने लगती जब प्राण इसके अंदर बहने लगते हैं तो ये दोनों नाड़ी धीरे धीरे करके सुषुप्त हो जाती है यानी इनका इनमें सांस आना जाना कम हो जाता है, बंद हो जाता है और एक समय ऐसा है इन दोनों से श्वास आके बंद हो जाता है और फिर इसी में ही श्वास गमन करता है जब इसमें श्वास गमन करता है तो व्यक्ति का योगी का कुंभक सिद्ध हो जाता है वो कुंभक उसका बहुत लंबा हो जाता है तो साथियों मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा था कि ये जो सबसे मैन है ये आपकी मूलाधार सकती है सपोज करो जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग की आपकी जो फाउंडेशन है वो ही अच्छी नहीं होगी बिल्डिंग आपके, आपके में के बड़े -बड़े, आपने देखा बड़े -बड़े स्टेशन है वो पिलरों पे खड़े हुए हैं वो या टनल के अंदर वो तो वो सारा क्या उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत जबरदस्त है आपने देखा होगा मेट्रो के पिलर पिलर जब बने थे उनके अंदर कितना कितने लोगों ने वजन रखा और वो उसको उसकी जाँच की तो आपका जो मूलाधार है जब ये ताकतवर होगा जब ये जागृत होगा तो ये ये फिर धीरे धीरे दूसरे चक्रों के ऊपर आप सहजता से जाने लग जाएंगे लेकिन सबसे पहला आधार आपका मूलाधार ही है आपको मूलाधार में ही प्रवेश करना पड़ेगा जब तक आप मूलाधार में प्रवेश नहीं करोगे जब तक ऊपर की ओर इनमें गमन नहीं कर सकते जब आपका मूलाधार शुद्ध होगा तो आपके एक तो जिन लोगों को भाई ग्रस्त जीवन जीते हैं गृहस्थी में जिन लोगों की टाइमिंग वगैरह की दिक्कत होती है भाई वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में पूरी तरह से समय नहीं बिता पाते चिड़चिड़ापन आता है उनके अंदर और दूसरी कमियां आती हैं तो इस मूलाधार की जागृति से उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है मन उनका पूरी तरह से खुश रहता है ताकतवर रहता है और जब मन ताकतवर होता है शरीर के अंदर ताकत होती है तो दुनिया के सभी काम अच्छे होते हैं तो इनके जो मूलाधार की जो शक्ति है वो पूरी तरह हमें यानी कि ये जो शक्ति है इसको यहां पे होता है रज और यहां पे होता है बीज तो ये जो बीज है ये यहां से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे प्रफुलित होता है स्फुत होता है और होते होते ये यहां पे स्पुर जाके शक्ति मिलती जैसे आप एक वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं और उसके लास्ट तक उसके पत्तों तक उसके जो चोटी की जो उसके पत्ते हैं जो उसके फल हैं उन सब तक वो वृक्ष पहुँच जाता है तो ये जो मूलाधार है इस मूलाधार से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी योग की और योग को देखें जीने के लिए योग क्या है संसार का सर्वोत्तम मार्ग मैं बार बार हर बार ये बात कहता हूं कि योग जो है संसार का सर्वोत्तम मार्ग है इस सर्वोत्तम मार्ग को आप अगर अपनाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से इसको समर्पित होना पड़ेगा और आपको अपने अंदर संयम लाना पड़ेगा क्योंकि जब तक आपका संयम नहीं होगा जब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो संयम आप सबसे पहले क्या करें सबसे पहले आप अपने शरीर को शुद्ध करें शरीर की शुद्धि कैसे होगी शरीर की शुद्धि ऐसे होगी आपके कि रात्रि का समय आप भोजन कम करें रात्रि के समय जब आप भोजन कम करेंगे तो आपको आपके जो लंग्स हैं उनको पूरा दिल को लंग्स को उनको जब आप सांस लेते हैं तो उनको पूरा फोलने का सिकुड़ने का पूरा स्पेस मिलता है जब उसको स्पेस मिलता है तो आपके अंदर कोई फिर विकार होगा ही नहीं ना ही तो आपको बीपी होंगे ना आपको ना कोई दूसरी शिकायत होगी ना घबराहट होगी ना आपके अंदर फिर गैस होगी कबज होगा क्योंकि जब आपके अंदर इनको फूलने की जगह नहीं मिलती को हमारे सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो अंदर गैस भरी रहती है तो इसमें क्योंकि जो हमारा उदर है जो हमारा पेट है इसका आधा भोजन हो जो बरपेट भोजन की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ जो हमारा पूरा उदर है इसका आधा भोजन आधे का आधा हमेशा खाली हो और आधे का आधा जो है वो जल के लिए जल भी आपको कम से कम एक घंटा बिताने के बाद आपको लेना चाहिए और जो इसका वन फोर्थ जो न, वन थर्ड जो इसका न, एरिया बचा हुआ है वो हमेशा श्वास लेने के लिए खाली रहना चाहिए ये आपकी भरपेट की डेफिनेशन है सवेरे आप भरपेट भोजन लीजिए दोपहर को आप नॉर्मल भोजन लीजिए और रात्रि के समय आप हल्का फुल्का भोजन लीजिए कोशिश करिए कि आप हो सके तो दूध पी के सो जाएं और दूध भी आपका पतला होना चाहिए ना कि हमारे देश में एक मिथक है कि भाई गाढ़ा दूध होना चाहिए लेकिन गाढ़ा दूध मेरी नज़र में या आयुर्वेद की नज़र में गाढ़ा दूध ठीक नहीं है आपको उसके अंदर जल डाल लेना चाहिए बराबर मात्रा में और जिनको पेट साफ नहीं होता तो वो उसमें मुनका भी डाल सकते हैं और थोड़ा उसके अंदर सौंफ भी डाल सकते हैं जिससे वो अच्छी तरह उसको उबाले कई बार उबाले देंगे और फिर उसको पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वो लाभ देगा और बहुत आपको उसके गुण होंगे तो मैं कह रहा था कि ये जो आपका जो मूलाधार है इस मूलाधार को जगाने के लिए आपने जैसे मैंने बताया इसे जब आप ये करेंगे तो आपका पेट साफ होगा अगर इससे भी आपका पेट साफ नहीं होता इससे भी आपको लगता है कि भाई मेरा पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको फिर हरड बहेड़ा और रामला इन तीनों का मिश्रण करके आप उसको पंसारी से ला सकते हैं या फिर अपने तैयार किए हमारे पास भी होते हैं बाजार में भी होते हैं तो तैयार किया हुआ भी आप ला सकते हैं उसको आप या न, मिक्सी में जैसे भी आपको सुटेबल हो जैसे भी आपको सुविधा हो उसको आप लाके और तैयार करिए हर रोज दूध से भी आप उसको ले सकते हैं अगर आप दूध से लेना चाहें तो मीठे दूध से भी ले सकते हैं अन्यथा गर्म जल से आप उसका एक चम्मच ले लीजिए सवेरे पूरी तरह से आपका पेट साफ होगा जब आपका पेट साफ होगा तो मूलाधार में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी जागृत करने में मूलाधार आपका बहुत जल्दी से जागृत होगा इसके अंदर जो के अंदर जो आपकी कुंडल का प्रवेश है वो बहुत सुगमता से हो जाएगा जब आपका पेट पूरी तरह से साफ हो तो फिर आपने सवेरे क्या करना फ्रेश होना फ्रेश होने के बाद आप अच्छी तरह फ्रेश हो जाइए और उसके बाद फिर आप गर्म जल जितना गर्म आप पी सकें इतना गरम होना चाहिए जितना गरम सुगमता से आप पी सकें उतने गरम जल को आप दो लीटर एक लीटर डेढ़ लीटर जितना भी आप पी सकें उतना आप उसको एक झटके में पी जाइए और फिर उसको थोड़ा सा आगे झुके और बगैर हाथ डाले मुख में उसको जब आगे झुकेंगे तो वो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा इसको हम कुंजल क्रिया कहते हैं षठ में सबसे पहला कर्म आता है कुंजल क्रिया क्योंकि जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा जब तक आप योग में पारंगत नहीं हो सकते योग में आप योग मार्ग को अच्छी तरह से धारण नहीं कर सकते तो साथियों आप कुंजल क्रिया का जब आप नित रोज अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर की शुद्धि होने लग जाएगी आपका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ होने लग जाएगा निरोग होने लग जाएगा आपको गैस की कब्ज की बवासीर की भगंदर की और जितने भी दोष पेट संबंधित है चाहे वो लीवर के दोष है किडनी के दोष हैं चाहे वो आपकी आंतों के दोष है छोटी आंत के दोष है बड़ी आंत के दोष है उनके अंदर कफ चिपका चिपट रहा है या उसके अंदर भाई कोई न, और कोई बाधितता है या कितने लोगों को न, अपेंडिक्स होने लगती है अपेंडिक्स भी कबज की वजह से ही होती है और उसमें अपेंडिक इसका दोष से धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। आप आप डेली करिए क्योंकि जब तक आप आसन और ये नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से इसमें लाभ नहीं होगा तो पेट के मल को साफ करने के लिए पश्चिमोतान आसन और आपका पवन आसन वज्रोली क्रिया और अश्वनी क्रिया अश्वनी क्रिया जो है आपकी और इसमें आप ताडासन भी कर सकते हैं क्योंकि ताड़ासन आप सोच जाने से पहले भी कर सकते हैं जल के तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा तो मूलाधार चक्र जो है सभी शक्तियों का केंद्र जो है जहां से हमारी सभी शक्तियों का रास्ता खुलता है वो हमारा मूलाधार चक्र है इस मूलाधार चक्र से धीरे धीरे धीरे धीरे हम फिर स्वादिष्टान में प्रवेश करते हैं फिर मणिपुर में प्रवेश करते हैं फिर अनंत में फिर विशुद्ध में फिर आगे में फिर सैसरार में ऐसे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपका अच्छा दूसरी बात मैं एक यहां पर मेरी याद आ गई वो भी कहना चाह रहा हूं कि जब तक अगर आप योग मार्ग पर चलते हैं देखिये योग भ्रष्ट योगी बहुत दुख पाता है अगर आप योग को शुरू करते हैं तो फिर जीवन भर आप योग को छोड़ना नहीं वैसे तो कोई छोड़ता ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात खोल देना चाहता हूँ कह देना चाहता हूँ कि योग जो है अगर आप शुरू करते हैं और योग आपने शुरू कर दिया और आप उसमें कुछ समय तक कंटिन्यू रहते हैं आप उसमें नितरोज अभ्यास करते हैं तो फिर आप उस अभ्यास को कभी बंद मत करिए अन्यथा बहुत सारे रोग आपको फिर झेलने पड़ेंगे तो इसलिए अपने मूलाधार के अंदर आपको प्रवेश पाने के लिए मैंने जो आपके सामने क्रियाएं रखी है या हमारे इस का पहला भाग है मूलाधार चक्र पे और इस पहले पहले भाग में मैंने आपके सामने ये सारी बातें रखी कि आप इसको किस तरह से जागृत कर सकते हैं इसमें कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं नित्य रोज का अभ्यास सवेरे जल्दी उठिए क्योंकि आप 24 घंटे काम काम काम रहते हैं आपके जिम में तो आप ऐसा करिए कम से कम एक घंटा अपने आप को दीजिए अगर आप एक घंटा अपने आप को दे देते हैं तो आपका पूरा जीवन फिर डॉक्टरों से बचा रहेगा क्योंकि काल का गाल हमेशा हमारे ऊपर चढ़ाई रहता है काल हमेशा हमारे पीछे पीछे फंदा लेके घूमता ही रहता है क्यों क्योंकि हमारे अंदर करने मैं ये नहीं कहता आप हैं लेकिन अपने शरीर के प्रति आप पालसी हैं भाई सौ लोगों में भी एक एक व्यक्ति योग नहीं करता अगर सौ लोग हैं हमारे समाज में तो सौ लोगों में से एक लोग भी एक व्यक्ति भी उसका परसेंटेज में नहीं आता हजारों में एक अगर आप जैसे हमारे देश की 120 करोड़ या 130 करोड़ जनसंख्या है तो 120 सौ करोड़ में एक करोड़ लोग भी डेली योग नहीं करते आप ये देख लो एक करोड़ भी जो या तो लोग पार्कों में जाते हैं चक्कर काटते हैं जैसे कोल्लू का बैल चक्कर काटता रहता है ऐसे कोल्लू के बैल की तरह पार्कों में चक्कर काटते हैं अब चक्कर काटते हैं तो क्या होता है कि उनके जो नितंब हैं उनके जो घुटने हैं बस इन्हीं में ही काम होता है भाई आपके लंग्स के अंदर काम होता आपके लंग्स की एक्सरसाइज होती नहीं आपके हार्ट की होती नहीं आपके जो जो आपके लीवर है उसकी होती नहीं आपका ब्रेन है उसकी होती नहीं तो आपको जब तक आप योग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप मुद्राओं में नहीं जाएंगे, आसनों में नहीं जाएंगे जब तक आपके पूरे शरीर के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी और इन चीज़ों की एक्सरसाइज नहीं होगी आंखें हैं आपके कान हैं आपने कानों को कभी देखा ही नहीं कान कानस कानों से आपने जब तक ये जवाब ना दे सुनने के लिए जब तक आप कानों की तरफ गौर नहीं करते जब तक आपकी आंखें जवाब आप नहीं देती उनकी नजरें गिरती नहीं जब तक आप क्या करते हैं बस कभी इनकी तरफ देखते ही नहीं न, नहीं तो ना ही आप कभी ये सोचे भाई चलो मैंने गुलाब जल डाल लेना है कोई घरेलू नुस्खा है मैंने गुलाब जल डाल लेना है या भाई मैंने और कोई हल्का फलका ड्रॉप डाल लेना है किसी डॉक्टर से बात कर लेनी है मेरी आंखें हमेशा के सुरक्षित रहें ये तो आप लोग सोचते नहीं जब सोचते हैं जब इनके अंदर कमियाँ आने लगती है फिर आप भागते हैं और जब सांप निकल जाता है फिर भी रिपीट है जो क्या फायदा होता है कोई फायदा नहीं होता, क्या होता है? चिड़िया तो गई खा के आपके खेत को बाद में आप उसका जो न, उसके अंदर जो तुड़ा है जो उसका अवशेष बचे हुए है उनको इकट्ठे करे जाओ ये शरीर आपका दोबारा आपको नहीं मिलना आज अगर आपने क्योंकि यौवन एक बारी गया तो गया जवानी एक बारी गई तो गई प्राण शरीर से गए तो गए देखो कमजोर पिंजरा कमजोर पिंजरा और जीर्ण देह यानी कि कमजोर अगर आपका पिंजरा है तो उसमें पंछी रुकता नहीं है एक न एक दिन तोड़ के निकल जाता है और ये शरीर भी जब कमजोर होता है इस शरीर के अंदर भी जो ये आत्मा है ये जीर्ण देह में कमजोर देह में रुकती नहीं है ये भी एक को त्याग देती है हमारी बेशक परमात्मा के यहां से उम्र कम ना हो हम उम्र हो अभी बाकी हो लेकिन फिर भी कमजोर शरीर में ये दे ये दे ही ये जो आत्मा है है रुकती नहीं किसी कोई ना कोई रोग हमें ग्रस लेता है कोई ना कोई रोग हमें खा जाता है और हम इसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर अनंत काल तक जब तक हमारे पुण्य सामने नहीं आते जब तक हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती जब तक हम ऐसे ही भटकते रहते हैं मित्रों देखिए गुरु का होना संसार में बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हमारा गुरु नहीं है क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम इन मार्गों को पहचान सकते हैं गुरु के गुरु के द्वारा ही हम इन चीजों पे द... अपने आप को ढाल सकते हैं गुरु के द्वारा ही हम इनका मनन कर सकते हैं गुरु के द्वारा ही हम इन पे चल सकते हैं तो इस पे चलने के लिए आपको गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है आप अपने आसपास में देखिए आपके जो भी आपके संपर्क में हो आप एक अच्छा जो योग जानते हो जो आपके पूरे जितना भी आपके अंदर जो भी आपके विलासाएं हैं जो भी आपकी इच्छाएं हैं योग में और आपके रोगों से आपको बचाने के लिए हालांकि आज हर कोई व्यक्ति रोगों से देखिए मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन अधिकतर लोग रोग से बचने के लिए योग में आते हैं एक्सरसाइज करते हैं अन्यथा लोगों को आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना है नहीं कि भाई हमने को तो आत्म कल्याण के लिए हम योग में आए ऐसे बहुत कम लोग हैं तो वे जो थोड़े बहुत लोग हैं जो आत्म कल्याण की ओर जाने के लिए योग में आते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं एक बार का जिक्र है राजा चंडका के राज्य में आ जाते हैं और चंडका को पता चलता है महर्षि बड़े ज्ञाता है चंडका पाली अपने सब कुछ राजवाजी को छोड़ के और उनके चरणों में जाके नतमस्तक हो जाते कहते हैं भगवान मुझे योग की दीक्षा दीजिए वहां पर चंडका पाली क्या राजा महर्षि गेरंड क्या कहते हैं कि हे चंड धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो योग को धारण करना चाहता है तो इसे एक ही श्लोक से पता चल जाता है कि योग की महत्वता क्या है देखिए जितना भी संसार में आप जो भी देखते हैं वो सब कुछ योग है योग के बल से ही ये ग्रह नक्षत्र ये जो भी है संसार के अंदर सब योग बल बल है आप एक छोटी सी बात और देखो आप क्योंकि योग जो है ये जो आपका मूलाधार चक्र है हम देखे सांख्य योग जो हमारा है जो हम योग क्रिया के नाम से हम अपना चैनल आपके सामने हमने रखा हुआ है इस योग क्रिया का महाराज मेन मोटिव यही है कि हम आपके सामने उन्हीं तथ्यों को रखें जो आपके लिए हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ योग के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा भी कह देते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं लेकिन आपके फायदे की बात है वो अगर आपको थोड़ी कड़वी भी लगती है तो लेकिन फिर भी आपको सुनना चाहिए क्योंकि आपके फ़ायदे की बात है उसमें हमारा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है हम तो देखें जो ईश्वर की राय उसी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मूलाधार चक्कर पर आप ध्यान दें आप अच्छा भोजन करिए मोटा भोजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाइए जैसे आप पका हुआ जो भोजन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा करके 40 परसेंट लीजिए और 60 परसेंट आप कच्चा लीजिए जिसमें सलाद हैं फ्रूट्स हैं आप इस तरह के या लिक्विड हैं इन चीज़ों को आप जब शामिल करेंगे तो आपका मूलाधार बिल्कुल स्विच हो जाएगा और इसमें कुंडलीनी जो है वो धीरे से एकदम से प्रवेश कर जाएगी आपकी आपके अंदर बड़ी खुशी आनंद और परमानंद की अनुभूति आपको होगी आज इस मूलाधार चक्र के पहले भाग में हम यहीं पे विराम लेंगे और आप सबको परमपिता परमात्मा की ओर से जो भी हमें सब कुछ संसार में देने के लिए एक दूसरे के लिए या जो भी संसार में परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है वो सब एक दूसरे से बाँटे एक दूसरे के ज्ञान को एक दूसरे के जो उनके पास में जो कलाएँ हैं उन